मंदसौर में पुलिस ने एक कार से 60 ग्राम मादक अवैध पदार्थ जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार किए गए दोनों लोग पेशे से शिक्षक हैं मंदसौर में अवैध मादक पदार्थ परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी दलोदा संजीव सिंह परियार व उनकी टीम ने आल्टो एट कार से साठ ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त कर दो शिक्षक तस्करों को गिरफ्तार किया है बताया जा रहा है की पुलिस को खबर मिली थी की अयुब खान पठान और याकूब खान पठान नाम के दो भाई एक सफेद रंग की ऑल्टो कार में मादक पदार्थ इसमें छिपाकर प्रतापगढ़ से नंदावता की ओर जा रहे हैं जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी की और सूचना के आधार पर एक सफेद ऑल्टो कार की तलाशी ली जिसमें मादक पदार्थ पाया गया तस्करी करने वाले दोनों भाई शास की शिक्षक हैं आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है दलो अंतर्गत सवनी संतोष मुनिया को मुखिर सूचना मिली थी कि अल्टो कार से दो व्यक्ति इसमें की तस्करी करते हैं, कर रहे हैं जिनको यदि दबिश दी जाए तो पकड़ा जा सकता है सूचना विश्वसनीय होने ऐसी कार्रवाई की गयी जिसमे साठ ग्राम अवैध इसमें पकड़ी गयी है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें